अपने ऊपर आप तो नहीं तो हाँ दाएं तुझे। दाएं तुझे तुझे <them Wonder Kahleda> तो हाय कम बैक सेकंड सेकंड ब्लॉग आज मेरा है तो मैं देख सकते हो मैं अभी काम पे हूँ यहाँ पर डेली डेरी चलाता हूँ तो अभी तो काम पूरा हो गया तभी ब्लॉग स्टार्ट किया है तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है तो आज तो सपोर्ट कर देना लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना उस दूसरी वीडियो में यानी पहले ब्लॉग में किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो अभी देख सकते हो पूरा काम कर लिया है ये सब कह है और इधर बैंकिंग वगैरह गाड़ी खड़ी है वो देख सकते हो गाड़ी है तो अभी आपको दिखाते हैं तो और बता देता हूँ ये गेट देख सकते हो ये यहाँ पर चलेगा ये खुला है पूरा गेट है ये इतना बंद पूरा होगा ये गाड़ी की ये पूरा बंद होगा रह चुके हैं अपने घर पर आने के लिए तो जल्दी चलते है तो वही इस पर आ चुके हैं अभी चलते हैं तो पर पर अभी, अभी आ तो। तो चुके हैं पर छोटा भाई ये देख देख पेंट रहा है है सके देखो देखो देखो, देखो, देखो देखो देखो क्या है देखो इधर काफी दरी है और इधर पेंट में लगा है देखो, देखो, गाड़ी देख ये है है है में देख है नहीं उखाड़ बटाना देख देखो कैसे देख देखो देख तो कैसे देख कैसे देखो देखो कुछ किया ही नहीं देख कहाँ नहीं रहा बाह बाह कहाँ नहीं रहा टीवी चल रही है टीवी गाना देख रहा है देखो हाँ टीवी देख ले ओ पेन पेन ना आगे आगे देखो देखो देखो, देखो, देखो, देखो, देखो, देखो देखो देखो तो अभी हैं ये ये अपने ऊपर पढ़ा लिया फिर देखो कैसे कहरा कितना है कहीं मौका देखो देखो देख दे दे करता। दे करता। दे दे देखो दे, दे दे। भी देखो ये शैतान बड़ा दी आप देख सकते हो धूप पहुंच है तो अभी धूप से निक रहा था छत पे बैठे रहने तो अभी और देखते हैं तो आप पूरे वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यार सपोर्ट कर दो यार बन के जल्दी करवा दो और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा तो फ्लिज देख लेता हूँ फिर जल देखाऊँगा तो बाइस आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ दिल्ली तो करके क्या करूँ तो बहुत ही जल्दी में आना पड़ा है